The Lord. दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गुड फ्राइडे के बारे में और ये मसीह के द्वारा कहे गए सात वचनों के बारे में जो येशु मसीह ने क्रूस से कहे थे दोस्तों गुड फ्राइडे ये मसीह की दर्दनाक मृत्यु का दिन है जिस दिन येशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया परंतु हम सभी लोग सभी मसीह लोग यीशु मसीह के मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं अच्छे शुक्रवार के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम जीवन को पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं ताकि हमारे ऊपर पापों का दंड न रहे और हम शैतान की गुलामी से छुटकारा पाए तो इसलिए हम इसको फ्राइडे के रूप में मनाते हैं तो मेरे प्रियो प्रभु ने सात वचनों को क्रूस से कहा। नहीं जानते हैं की ये क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो जब प्रभु ये मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और ये मसीह क्रूस पर थे तब ये मसी ने क्रूस से इस वचन को कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो जिन लोगों ने यीशु मसीह को सताया जिन लोगों ने यीशु मसीह को दर्द दिया, मसी मसी उस दिया उसके कपड़ों को फाड़ दिया उस पर कीले ठोकी उसे क्रूज पर चढ़ा दिया मेरे प्रियो उन लोगों को प्रभु ये मसीह क्षमा करते हैं मेरे प्रियो हमारा प्रभु ये मसीह दया सागर है क्षमा करने वाला परमेश्वर है चाहे उसके विरोध में उन लोगों ने कितने भी बड़े गुना क्यों किए थे फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा कर दिया मृ इसी प्रकार से प्रभु येह सिने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए जिस प्रकार हमारे प्रभु येसु मसीह ने हम सबके गुनाहों को क्षमा कर दिया उसी प्रकार से हमें एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करना चाहिए हाल मेरे प्रियो जो दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा मुका रचियो समाचार उसका तेईस अध्याय और तेतालीस पद में कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा मेरे प्रियो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु के दोनों तरफ दो कुकर्मियों ये कुकर्मी ने ये मसीह का मजाक बनाया कि यदि तू मसी है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा परंतु दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता हम लोग तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं हम लोगों ने जो गलतियां की हैं हैं हैं जो गुनाह किए उनका दंड पा रहे परंतु तो हे हे सुधी लेना और प्रभु ये मसीह ने उस कुकर्मी से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा हाले लुहिया मृत प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है वो हमें साथ में स्वर्ग लेके जाएगा मेरे प्रियो बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा वो उद्धार को पाएगा मेरे प्रियो जिस प्रकार से इस डाकू ने आज उद्धार को पा लिया अनंत उसी प्रकार से मेरे प्रियो आपने मैंने और हम सब ने उद्धार को पा लिया प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हमको लेने के लिए आएंगे हमें अपने साथ में स्वर्ग लेके जाएंगे हाल तीसरा जो वचन प्रभु ये मसीह ने कहा यीशु और और ने को सहते हुए देख रही थी और वो बहुत दुखी थी बहुत निराश थी जैसे जीने की उम्मीद अब खत्म हो गई है प्रभु ये मसीह अपनी माँ से अपने परिवार वालों से प्रेम रखते थे इसलिए प्रभु यीशु मरियम से से से कहा कि आज आज चेला तेरी देखभाल करेगा आज से ये तेरा बेटा होगा और उसी दिन वो चेला मरियम को अपने अपने साथ में घर ले गया और उसने उसकी देखभाल की मेरे प्रियो क्योंकि बाइबिल हमें बताती है कि अपने माता पिता का आदर करो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया इसी प्रकार से मेरे प्रियो हमें भी अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है अपने माता पिता से प्रेम रखना है अपने परिवार वालों से प्रेम रखना है उनका आदर करना है उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें हमें पूरी करनी है चौथा जो वचन यीशु मसीह ने कहा मती उसका सत्ताईस अध्याय और छियालीस पद में हे परमेश्वर हे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया प्रभु यशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय दोपहर तीसरे पहर तक पूरे देश में छा गया क्योंकि उस समय पूरे जगत का पाप, जाति का पाप और अपने ऊपर ले लिया इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे हे मुझे क्यों छोड़ दिया पांचवा जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना उन्नीस और अट्ठाईस अध्याय की मैं प्यासा हूँ प्रभु येशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूं क्योंकि प्रभु ये मसीह ने बहुत शारीरिक पीड़ा को सहा था और भजन संहिता लिखा है कि लोगों ने मेरी प्यास के लिए मुझे पिलाया। ताकि परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणी पूरी हो जाए इसलिए प्रभु येसु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ छठवा जो वचन प्रभु येशु मसीह ने कहा यमुन्ना उन्नीस अध्याय और तीस पद में कि पूरा हुआ मेरे प्रियो प्रभु ये मसीह को परमेश्वर के द्वारा किसी विशेष काम के लिए भेजा गया था मनुष्य जाति के उद्धार के काम को पूरा करने के लिए भेजा गया था के कामों को नष्ट करने के लिए भेजा गया था पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था और जब प्रभु येसु मसीह ने यह सारे कामों को पूरा कर दिया तब प्रभु यशु मसीह ने कहा पूरा हुआ क्योंकि प्रभु ये मसी ने हर एक भविष्यवाणी को जो उनके बारे में कही गई थी उन सब को पूरा कर दिया और परमेश्वर के द्वारा जो काम प्रभु ये मसीह को दिया गया था वो सब प्रभु ये मसीह ने पूरा कर लिया इसलिए प्रभु कहते हैं पूरा हुआ सातवां जो वचन प्रभु येसु मसीह ने कहा लू का अध्याय और उसका 46 पद की हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रिय प्रभु ये मसीह यहाँ पर स्वयं हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में देते दे हैं बाइबल कहती है कि प्रभु ये मुझसे छीन नहीं सकता हूँ हम सबके उद्धार के लिए हम सबके छुटकारे के लिए हमारा मेल परमेश्वर से करने के लिए अपने आप को बलिदान किया और जिस काम के लिए वो इस धरती पर आए थे उस काम को पूरा किया और फिर अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में दे दिया इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ सो so, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने यह सात वचन क्रूस